हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले आईपीओ के बारे में मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ आने वाला है तीन तारीख को देखिए पूरा वीडियो हेलो फ्रेंड्स मैं वो आपका दोस्त नैन बोरसानिया और मेरे चैनल इन्वेस्ट शेयर में मारुति इंटीरियर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानिए समझिए उसका एसेट्स जानिए और प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी देखिए इसका आई आने वाला है आईपीओ है एक लाख दस हजार रुपये का एस और बी ये दोनों में आई पी भर सकते हैं लेकिन आई पी भरना है कि नहीं भरना है वो भी जानिए ये जो कंपनी है किचन किचनवेर प्रोडक्ट बनाती है एल्यूमिनियम वर्ल्ड ट्रप हैंडल बनाती है हाउसकीपिंग प्रोडक्ट है वो सब बना रही है इंटीरियर लेवल की प्रोडक्ट बना रही है कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से अपना वाइड रेंज जो है जो कंपनी का एक लाख स्क्वायर फीट में अभी गुजरात में ये कंपनी स्थित है कंपनी की हम बात करें तो प्रीमियम और इकोनॉमी दो रेंच बना रही है और प्रीमियम रेंज की बात करें तो स्प्लिट्स करके आपको प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगी और इकोनॉमी रेंज की बात करें तो किचनवेयर प्रोडक्ट बना रही है एम द्वारा जो ये कंपनी है उसमें जो भी डिजाइन है अपने इन हाउस भी किए गए हैं और भारत में इसका नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम बहुत ही अच्छा है एम कंपनी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी इ कॉमर्स वेबसाइट में भी आपको इसकी प्रोडक्ट मिल जाएगी कंपनी की मार्केटिंग लेवल की बात करें तो 300 से ज्यादा डीलर है और 25 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो परेश लुनागरिया एंड परसोत्तम लुनागरिया है अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि यह कंपनी प्रोफिटेबल है और आप भी स्क्रीन में देख सकते है कंपनी का रेवेन्यू क्या है एसेट्स क्या है बोरोबिंग क्या है वो सब देख लीजिए उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए इस शेयर में और ये आई बहुत बड़ा है दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि अभी अभी लास्ट में उसने तीन महीने का सेक्टर देखे तो साढ़े सोलह करोड़ रुपए का मुनाफा किया है आईपीओ के बारे में बातचीत तो तीन से तारीख के बीच में आईपीओ आने वाला है और पचपन रुपए का एक शेयर का भाव भी चल रहा है और आईपीओ जो है जो दो हजार शेयर का एक आईपीओ है मतलब टोटल एक लाख हो रहा है इ, बड़ी अमाउंट वाला आईपीओ है इसमें ध्यान रख के अब एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए ऐसे में है ध्यान रखिए अब हम एलोटमेंट की बात करें तो 11 तारीख को अलॉटमेंट डेट है 14 तारीख को अगर आपको आई पी ना लगा तो बैंक में आ जाएगा पैसा लगा है तो डिमेट अकाउंट में 15 तारीख को आ जाएगा और आईपीओ लिस्टिंग 16 तारीख को होगी मैंने आपको कंपनी डिटेल और आई डिटेल पूरा दे दिया अब आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी तरह से कीजिए सोच समझ के कीजिए फंडामेंटल टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए आगे क्या होने वाला है वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है तो भी अब एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर इसमें इन्वेस्ट कीजिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर फूल वॉचिंग